कैसे होना जानने वाले सब्सक्राइबर हो आप लोग खुली होंगे बोर्ड वाले क्रम में ही देख सकते हैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है दिखाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जैसा की आप देख सकते तो चलिए आज का ब्लॉग ख़त्म करते यहीं पर तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं गाइस सकेंड वीडियो में